कि टूटे हुए फूल मुरझा जाते हैं मगर हम टूट कर भी खिले ही रहेंगे कि टूटे हुए फूल मुरझा जाते हैं मगर हम टूट कर भी खिले ही रहेंगे और डरने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता वे हम दिलेर लोग हैं हम दिलेर ही रहेंगे और किसी जंग से डर के हमने कभी किनारा नहीं किया कि किसी जंग से डर के हमने कभी किनारा नहीं किया और हमने जिसको भी सुधारा फिर उसने वही काम दोबारा नहीं किया